आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचुरजर में आपका स्वागत है मित्रों आज एक ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करेंगे ये जो सुंदर ओर्नामेंटल प्लांट है ये हाईली मेडिसिनल प्लांट भी है और ये ब्रून फेल्सिया पोसीफ्लोरा के साइंटिफिकली आइडेंटिफाई किया जाता है और सोलिससी का ये मेंबर है पर्पल वाइट फ्लावर्स आप इसके देख रहे हैं इसके पत्र इसके फूल और इसकी जो रूट होती है औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आती है पेरीनियल श्रब है ये और इसको औषधीय गुणों में उपयोग मुख्यतः इसकी रूट इस्तेमाल में आती हैं इसके अंदर स्कोपोलिटिन नाम का एक अल्कोलाइड पाया जाता है जो एंटीडोट का कार्य करता है स्नैक बाइट के अगेंस्ट एंटीडोट का ये कार्य करता है उस रूट को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और स्नेक बाइट जहाँ किया हो उसका डिकॉक्शन बनाकर हम लोग घाव को धो देते हैं तो अच्छा कार्य करता है इसके अलावा अगर इन्फ्लामेशन है या आर्थाइटिस की समस्या है तो इसका हमें डिकॉक्शन बनाकर सेवन करना चाहिए जॉइंट पेन की समस्या है तो इसके पत्र और इसके फूल का पुल्टिस बनाकर घाव पे बांधनी चाहिए घाव की इन्फ्लामेशन को कम करता है ज्वाइंट पेन को दूर करता है इसके अंदर रोमेटिक पेन को कम करने की आर्थराइटिस के पेन को कम करने की और नेचुरल एनालैसिक का भी ये प्लांट कार्य करता है ज़्यादा मात्रा में लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये टॉक्सिंस भी इसके अंदर होते हैं क्योंकि हाई कंटेंट ऑफ एल्क्लाइड होता है जो कि हाईली पोर्टेंट होता है तो एक्सेस मात्रा में लेना हानिकारक हो सकता है प्रोमिनंटली हमें इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसके फूलों को सूखा कर आप रख सकते हैं और इसके फूलों को अगर आप रात को पानी में भिगाकर सुबह इसका सेवन करेंगे तो इंटरनल ब्लीडिंग की अगर समस्या होती है उसको भी ये दूर करता है शरीर के अंदर कई बार टॉक्सन सकूमलेट हो जाते हैं तो हिपेटो प्रोटेक्टिव मकैनिज़म के चलते हुए ये शरीर के टॉक्सेंस को बाहर निकाल कर लीवर रेमेडिएशन करते हुए और एंटीडोट का ये कार्य करता है इसके अंदर यूसोलिक एसिड ओलिनोलिक एसिड और कुर्सटिन भी पाए जाते हैं जो नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी पारेटिक एक्टिविटीज़ अपनी शो करते हैं इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं पत्ों का पेस्ट बनाकर स्किन केयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंटी फंगल एक्टिविटी इसके पत्रों में होती है और अगर घाव हो गया है घाव भर नहीं रहा है तो इसके एपिकल पोर्शन का डिकॉक्शन बनाकर घाव को भी धो सकते हैं विशेष गुणकार ये होता है चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं उन मुहासों की भी प्रोटेक्शन के लिए आप इसके फूलों को पीसकर कर मुहासों पर लगा सकते हैं टैनी की प्रॉब्लम हो जाए चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं उसके निराकरण के लिए भी आप इसके फूलों को पीसकर चेहरे पे लगा सकते हैं और बाद में लूपॉम वाटर से वॉश कर दीजिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे चेहरे के मुहासे या पिंपल्स की समस्या आसानी से दूर हो जाती है मित्रों आप इसको सहजता से कंजर्व भी कर सकते हैं कटिंग के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं अपने घरों में अपने गमलों में आप इसको लगा कर कंजर्व कर सकते हैं ऑर्नामेंटल तो ये है ही बहुत सुंदर इसके फूल दिख रहे हैं साथ ही साथ आप इसको थ्राफेटिक पर्पस के लिए भी मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं औषधि पौधों को संरक्षित कीजिए अच्छी कंडीशन के लगाए हुए औषधी पौधे अच्छी गुणवत्ता के रिजल्ट्स देते हैं और कॉस्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इस प्लांट का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है अक्रॉस द ग्लोब सभी जगह ये पाया जाता है और ये जानकारी है आप इसको संरक्षित कीजिए साझा कीजिए फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नित्य प्रति एक नई प्लांट की जानकारी मिलती रहे प्रणाम